शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज मैं फिर अपनी कविता आपके सामने घबरा तो कर हार जाना नहीं मुश्किलों से घबरा कर हार जाना नहीं रास्ता तेरा अभी और है रास्ता तेरा अभी और है कहीं राह में खो जाना नहीं कांटो के रास्तों के बाद फूल भी आई टों के रास्ते के बाद फूल भी आएंगे इनसे तुम डग डगमगाना नहीं और मुश्किलों से घबराकर हार जाना नहीं चुनौतियां आना अभी और बाकी चुनौतियां आना अभी और बाकी है डरकर भाग जाना नहीं और दूरियों से दूरियों के कम होने से रास्ते पास आ जाते हैं दूरियों के कम होने से रास्ते पास आ जाते हैं गमों के आने से लोग मजबूत हो जाते हैं थक कर तुम बैठ जाना नहीं मंजिल तेरी भी दूर है मुश्किलों से घबरा कर हार जाना नहीं कहते हैं मुश्किलें नसीब वालों को मिलती हैं कहते हैं मुश्किलें नसीब वालों को मिलती हैं ये सुनकर गर्व में आना नहीं और मंजिल अभी तेरी दूर है घबरा कर हार जाना नहीं थैंक यू